हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी मौजूद है सदन की शुरुआत हो गई है विपक्ष का आरोप है शोर शराबे के बीच सदन को चलने नहीं दिया जाता है विपक्ष है जो सत्ता पक्ष है वो बोलता विपक्ष ऐसा सवाल ऐसा कोई बात नहीं हम सदन विपक्ष पूरी तरह से विधानसभा में सार्थक बहस चाहता है जनता से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान चाहता है और पूरी ताकत के साथ हमने आज मत सदन को चलाएंगे किसी तरह का हम अब ऐसा काम नहीं करना चाहिए के सदन में व्यवधान हो। को लेकर चर्चा होगी अध्यक्ष ने किया है कि हम चर्चा कराएंगे और हम कल इस मुद्दे को उठाएंगे किसान परेशान है इस समय देखा जाए तो किसानों को जो सही मूल्य है लहसुन और प्याज का जो सही मूल्य वो नहीं मिल पा रहा है जिसको लेकर जो सरकार है वो बोलती है की लसन की क्वालिटी खराब थी इसलिए हमने लिए सवाल इसका सरकार तो किसानों की दुश्मन है न तो उन्होंने आज तक बाजरा खरीदी करवाई उसका पैसा अभी तक नहीं दिया किसान भटक रहा है ओलावृष्टि हुई उसका पैसा भारतीय जनता पार्टी के दलालों को बांट दिया जिनका नुकसान हुआ तो बाजी भटक रहे हैं बाढ़ पीड़ित हुई बाढ़ पीड़ितों पीड़ के लिए अभी तक तो कोई राहत नहीं दी श्योपुर मुरैना जैसे तमाम जिलों में चम्बल नदी में गाँव के गाँव बह गए लोगों को अभी तक सरकार ने न कोई पैकेज दी है खाने पीने और न निवास की व्यवस्था की है सरकार तो पूरी तरह से असफल हो चुकी है मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के मुखिया पूरी तरह से अक्षम हैं और साबित हो गए हैं क्योंकि हर जनता कौन सा ऐसा वर्ग है जो आज खुशहाल है बेरोजगार भटक रहे हैं सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है बयालीस परसेंट बेरोजगार मध्य प्रदेश में पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चियों पर हमले बलात्कार मध्य प्रदेश में है सबसे ज़्यादा क्राइम मध्य प्रदेश में हो रहा है सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार और घोटालों का राज बन चुका है कमलनाथ जी के ना आने को लेकर सदन में सवाल खड़े हो रहे हैं आ, उसको लेकर क्या था? ये कोई सवाल नहीं है ना कोई मुद्दा है कमलनाथ जी कहाँ जा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी से परमिशन लेके जाएंगे जाएंगे हमारे पार्टी के नेता हैं, प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में है और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए उन्होंने संकल्प हमारे साथियों ने लिया है कमलनाथ जी पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जड़ें उखाड़ लेंगे और हम लोग सदन में भारतीय जनता पार्टी के कारनामे उजागर करेंगे 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी 1000 परसेंट कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी जिनका साफ कहना है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री बनेंगे कमलनाथ फिलहाल देखना ये होगा की कि सदन किस तरह से चल पाता है तीन दिन का सदन है उसमें किन मुद्दों पर चर्चा हो पाती है कैमरा मैन अर्जुन के साथ सत्यम शर्मा ंग दैन पावर टू दिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ड एल एन सी टी ग्रुप चूज दू बन डबल फोर जीरो ट्रिपल सेवन ट्रिपल वन